the okay.

तो हो ना तो ना कोई कोई कथना आप सभी के जन्म

गुड

आवाज़ पे लो मैया ने तुम छथकारे लगाई जान के राम बस कही वो लाटिया आए कसम है

she'll be

और हमारे चाचा जी अनूप चाचा पाँच सौ रुपये घर को देते हैं ऐसा ही हैं